हम इंडियंस ने तीन तरह के गानों पे डांस करते हैं। पहला तो वो जिसका मतलब हमें अच्छी तरह पता होता है मैं जान जान जान जान जान जान जान। दूसरा वो जिसका मतलब हमें पता भी होता है लेकिन जानकर अनजान बने रहते हैं बस नाचने से मतलब ए, ए थोड़ी और डाल दे फ्रिज आइस क्यूब भी निकाल दे और तीसरा ऐसा कि जिसके मतलब से हमें कोई मतलब ही नहीं होता बस नाचने से मतलब